आदर सहित वंदन और अभिनंदन साल का पहला माह और दूसरा दिन मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है नया लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सभी हमारे जितने भी मेष से मीन राशि के जातक इस वीडियो को देख रहे हैं कैरियर राशिफल इस चैनल पर अपलोड हो चुका है प्रेम राशिफल अपलोड हो चुका है वार्षिक राशिफल विस्तृत जिसको कहते हैं विस्तृत वार्षिक राशिफल हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में चैनल जब सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके आप इसको देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी इस चैनल पर अपलोड हो चुका है सारे ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है उससे संबंधित वीडियो भी हमने अपने इस चैनल पर डाल दिया है तो देरी किस बात की आप लोग फटाफट जा करके उसको देख सकते हैं दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है दो जनवरी का पंचांग क्या उल्लिखित है और अष्टमी वाले दिन बताया गया है कि नारियल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अब जैसे नारियल अब आप कहेंगे कि पंडित जी रात में नौ बजे लग गया तो हो सकता है कई हमारे जो दर्शक हैं वो साउथ से देख रहे हैं तो वहां पर नारियल का प्रचलन ज्यादा होता है फिर चाहे वो चटनी के रूप में हो फिर चाहे वो खाने के रूप में हो तो आप लोगों को इसको एवॉइड करना होगा तो नारियल खाने से ब्रह्मा पुराण में बताया गया है कि बुद्धि का नाश होता है अगर आपने अष्टमी के दिन खा लिया नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद करण की बात करते हैं गर करण करण और विष्टिकरण रहेगा योग रहेगा वरियान और अंतिम योग रहेगा परिध योग समय पर आ जाते हैं तो आज का जो एक बजकर सत्ताईस दो बजकर पैंतालीस मिनट तक का जो समय रहेगा बहुत ही अच्छा, बहुत ही ही अच्छा उत्तम समय रहेगा, तो रहेगा। चंद्रदेव देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में चलायमान है वही सूर्य देव यह धनुराशि में चलायमान धनु संक्रांति चल रही है दर्शकों गुरुवार दिन रहेगा और दिशा सूल की यदि हम बात करें तो दक्षिण दिशा की ओर दिशा सूल होता है जी हां दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना रहेगा एवॉइड करना होगा लेकिन यदि किन्हीं कारणवश यात्रा करनी पड़ जाए तो आप लोग केसर का सेवन करके यात्रा कर सकते हैं और पहले आप लोग उत्तर दिशा में चार पग चलिएगा तदउपरांत आप लोगों को दक्षिण दिशा में चलना रहेगा तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग अब राशिया हमारी क्या कहती है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का दो जनवरी कैसा जाएगा इस पर हम चर्चा करते हैं राशि फल के क्रमांक में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज आपका जो दूसरा दिन रहेगा बेहतरीन रहेगा मीन राशि के चंद्रमा आप को शाम तक की कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर दिला सकते हैं घर में खुशी का माहौल बना रहेगा सोसाइटी के लोग आज आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न रहेंगे आज आपका स्वास्थ्य जो है फिट रहेगा अचानक से आज, आज आप फेमस हो जाएंगे विदेश से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी अविवाहित महिलाओं के लिए आज विवाह के कोई अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं कुल मिला करके यदि हम बात करें तो परिवार वालों के साथ आज किसी खास मुद्दे पर खास बातचीत हो सकती है आज जीवन आपका सुखमय रहेगा कहीं पर घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या चाहिए तो आज आप नौ हमारी जो दूसरी राशि आती है ये आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जातकों आज किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है आज ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस देख करके आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे ऑफिस में कोई शुभ समाचार के संकेत आज मिल रहे हैं कोई शुभ समाचार कोई शुभ खबर आज आपको प्राप्त होगी किसी खास काम की आज आप लोग तैयारी करेंगे पिछले कार्यों के बेहतर परिणाम मिलेंगे आज मित्र से किसी काम में आपको विशेष मदद मिल सकती है वृषभ राशि के जात को लमेट के लिए आज आप लोग कहीं जो है बाहर जा सकते हैं ट्रिप पर कहीं पर आप लोग जो है घूमने फिरने जा सकते हैं किसी मधुर चीज का आनंद ले सकते हैं अचानक से आज जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको धन लाभ होगा आज उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास करना है कि हाते वक्त साबुन का प्रयोग आज आप लोग बिल्कुल ना करें तथा गाय को छ केला यदि खिला देते हैं तो आपका दिन और अच्छा हो सकता है शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन हमारी जो अगली राशि आती है आती मिथुन राशि तो वालों जो है आज जो रुकावटें आपके कार्यक्षेत्र में आ रही थी ये दूर होगी उच्च अधिकारियों की मदद से आज ये रुकावटें दूर होंगी और उनका पूर्ण सहयोग आज आपको प्राप्त होगा परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा आपके जीवन शैली में अच्छा सुधार होगा आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा मिथुन राशि के जात को के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा व्यापार में उन्नति के योग हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक बार जाप करिए और आज कोशिश कीजिएगा कि केसर का सेवन करके घर से तब बाहर निकल शुभ कलर रहेगा कलर और शुभ अंक रहेगा रहेगा कैंसर क्या कुछ कहता है जो है जो साल का दूसरा दिन दिन तो आज के के जातकों लिए दिन अच्छा रहेगा। आपके जो राशि के अधिपति हैं मीन राशि में संचरण कर रहे हैं तो आज आप लोगों को धन का लाभ होगा दूसरा नौकरी से रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है कोई नई जॉब कोई नया ऑफर आज आपको मिल सकता है आज आप लोग बहुत अधिक परिश्रम करेंगे व्यर्थ की बहसबाजियों से आज कर्क राशि के जातकों को बचना रहेगा अपनी काबिलियत के दम से आज आप लोग अपने सारे काम पूरा करेंगे किसी काम को करने में जल्दबाजी मत करिएगा वरना आज आपका काम बिगड़ सकता है बेहतर होगा काम को धैर्यपूर्वक करें तो ठीक रहेगा उपाय के तौर पर आज आप लोगों को करना क्या रहेगा तो आज आप लोग कोशिश कीजिए विष्णु सहस नाम का पाठ करिए साथ ही साथ स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डाल के तब स्नान करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपका रहेगा यह रहेगा चार और एक चीज़ बता दें कर्क राशि के जातकों की कि आज किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात आपकी हो सकती है सिंह राशि पर चलते हैं सिंह राशि के जातकों आज कार्य क्षेत्र में योग्यता साबित करने के लिए आपका जो संघर्ष चला रहा था ये नहीं होगा आज आप लोग अपने काम के दम पर अपने आप को प्रूफ करेंगे किसी पुराने मित्र से मिलने आज आप लोग उसके घर जा सकते हैं उसके ऑफिस जा सकते हैं मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्यों में आज सिंह राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होगी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी आज आपका मन धर्म में रहेगा आज आपके धन का एक हिस्सा किसी ना किसी धार्मिक कार्य में अवश्य खर्च होगा किसी काम में ज्यादा समय आज आपका लग सकता है और पैसा आज आप लोगों को, को किसी को उधार नहीं देना रहेगा आज उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज आप लोग जल में कोशिश कीजिएगा कि कुछ दाने अक्षत के डाल लीजिएगा और थोड़ा सा शहद डाल करके भगवान भोलेनाथ पर ओम नम शिवा मंत्र से अभिषेक करिए आर्थिक स्थिति आपकी इससे अच्छी होगी शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वहीं कन्या राशि के जातकों आज क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे तो कन्या राशि वालों आज भाग्य आपके साथ रहेगा जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो आज किसी मित्र की मदद से काम पूरा हो सकता है वाहन इत्यादि का प्रयोग आज आपको सावधानी पूर्वक करना रहेगा आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए उत्तम रहेगा व्यवसाय की सुखद रहेगी आज वाड़ी में आप थोड़ी सी अपने मृदुलता लाइएगा मधुरता लाइएगा बड़े बुजुर्गो की सराह लेकर के कोई काम आज आप लोग शुरू करिएगा जीवन साथी से लंबी आ रही जो तो बहुत अच्छा रहेगा, रहेगा यह रहेगा हरा और शुभ अंक रहेगा सात हमारी जो अगली राशि आती, आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि तुला राशि के जात को व का दूसरा दिन कैसा रहेगा लेकिन फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक तो करिए इस वीडियो के कमेंट में जय श्री राम का आप लोग उद्घोष कृपया करके कर दें तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए इसी बहाने राम का एक बार नाम जो है आपके मुख मंडल से निकल जाएगा तुला राशि के जात आज आपका मन किसी पुराने मित्र से मिलने का मन करेगा उनको विश करने का मन करेगा यदि आप किसी परेशानी में चले आ रहे हैं तो आज आपका कोई पुराना दोस्त आपको बाहर करेगा कॉन्फिडेंस आज आपका थोड़ा सा डाउन रहेगा बिजनेस में कोई अज्ञात भय आज, आज आपको परेशान कर सकता है वाहन चलाते समय आज सावधानी रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं अगर कहीं यात्रा करने का आज, आज आप लोग प्लान बना रहे हैं तो बेहतर यही रहेगा कि आज के दिन यदि आप लोग यात्रा डाल दें तो ठीक रहेगा छोटी कन्याओं को आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कुछ मीठा टॉफी हो गई या खीर हो गई या चॉकलेट हो गया जो दे सकते हैं दे दीजिएगा तथा सूर्यदेव को भगवान भास्कर को आज आपको अर्घ भौतिक सुख संसाधनों में, में बढ़ोतरी होगी संतान का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा खुद को तंदुरुस्त आज आप लोग महसूस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं खास करके जो वृश्चिक राशि के हैं स्टूडेंट हैं इनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा परीक्षा देने जा रहे हैं उससे संबंधित आज आपको विजय मिलेगी और कोई यदि पुराना रिजल्ट आ रहा है उससे संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है दैनिक कार्यों में सफलता के आसार बन रहे हैं अपने विचारों को जाहिर करने में बहुत हद तक की आज आप लोग सफल हो सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा भगवान भास्कर के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए तथा 21 बार गायत्री मंत्र का करिएशन उच्चारण जरूर करिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज और शुभ लिए रहेगा ये रहेगा ये 9। धनु राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो धनु राशि वाले आज आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए दिन शानदार रहेगा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा आज खुले मन से काम आप लोग कर सकेंगे अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाएंगे आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का भी मौका मिलेगा थोड़ी सी ही मेहनत से ही आज आपको बहुत बड़े फायदे होंगे जीवन साथी की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा किसी समारोह में जाने का आज, आज आप लोग प्लान कर सकते हैं उनमें सम्मिलित हो सकते हैं आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और आज आपका धन का एक हिस्सा किसी धार्मिक कार्यों में व्यय होगा साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को देखिए कोशिश ये करना रहेगा कि धर्म स्थान की आप लोग सफाई करिए पहली चीज दूसरा आज केसर का सेवन आपको किसी न किसी प्रकार से जरूर करना रहेगा चंदन का एक तिलक जरूर लगाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन जी हाँ कैप्रिकॉन मकर राशि के जात आज का दिन सामान्य रहेगा सोचे हुए काम आज आपके पूरे हो सकते हैं मकर राशि के जातक हैं पॉलिटिशियन हैं तो उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है आज काम की व्यस्तता थोड़ी सी अधिक रहेगी किसी का गुस्सा किसी और पर निकालने से आज आपके संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है बेहतर होगा आज आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए तो ठीक रहेगा परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान आज आप लोग बना सकते हैं ज़रूरी कामों में जल्दबाजी करने से आज आपको बचना चाहिए और दबाव में आकर के आज आपको कोई काम करने से बचना चाहिए आज कोशिश कीजिए कि मंदिर में फलों का दान करिए और खास करके जो फल का आप दान करेंगे आपको स्वयं नहीं खाना रहेगा आज के दिन दूसरा आज आपको प्रयास करना रहेगा कि, कि किसी ब्राह्मण को यज्ञोपवी दिया आज आप देते हैं तो यकीन मानिए आज, आज आपकी कोई ना कोई जो भी मनोकामना आपने सोची है वो पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार एक्वास कुंभ राशि तो कुंभ राशि वालों आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा परिवार वालों के साथ समय अच्छा बिताएंगे मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप का प्लान आप लोग बना सकते हैं व्यापारी वर्ग को अचानक से कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आर्थिक पक्ष आज आपका पहले से मजबूत होगा ऑफिस में कुछ नए लोग आज आपको जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस हौसला बढ़ा सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा मनोरंजन के कुछ मौके आज अचानक मिलेंगे आज आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो गजेंद्र मोक्ष आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाया होगा तो मेन राशि वालों आज दोस्तों से आज आपके संबंध मधुर रहेंगे आज अनुभव से आज आपका काम पूरा हो सकता है कार्य में आपको सहयोग मिल सकता सोचे हुए काम पूरे होंगे जीवन साथी के साथ आज कहीं ना कहीं Uh, किसी ना किसी जो है वैवाहिक uh, समारोह में या किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं किसी ज़रूरी काम को निपटाने के लिए आज कोई बहुत बड़ी योजना बना सकते हैं यदि आज आप लोग पुस्तक से रिलेटेड स्टेशनरी से रिलेटेड लिखा पढ़ी से संबंधित कार्यों से रिलेटेड कोई काम करते हैं इसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी आज आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भी मिल सकता है उपहार भी मिल सकता है प्रातःकाल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग रहेगा जीवन में आज आप लोग दूसरों का यदि हो सके तो सहयोग करिएगा फिर चाहे वो आर्थिक स्थिति फिर चाहे वो श्रम से हो तो जो भी हो वो आज आप लोग जरूर करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो पीपल के वृक्ष पर आज जाना है और आज आपको जल सिर्फ जल ये ले करके अर्पण करना है और भगवान विष्णु से ओम नमो भगवते वासुदेवाएं जो मंत्र है इसको पढ़ते हुए अपनी मनोकामना बोलिए निश्चित ही भगवान विष्णु बहुत ही दयालु है ये आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इन्हीं के साथ अब हम छोड़े जा रहे हैं लेकिन आप लोग जा करके अपना करियर राशिफल भी देख लीजिएगा आर्थिक स्थिति का भी राशिफल देख लीजिएगा प्रेम राशिफल भी देख लीजिएगा वार्षिक राशिफल विस्तार से भी आप लोग देख सकते हैं कि आखिर दो में होगा क्या लोगों के मन में इच्छाएँ होती कि क्या हो सकता है तो वो जो आपके अंदर यक्ष प्रश्न है ना उन्हीं का समाधान उस राशिफल में है दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार